कहीं कॉलेज है ना ठाक मना मैं आना ठीक है कौन कौन अच्छा लोग रहा नहीं कला लगे नोजी ना रोज नहीं, नहीं। तो, जा सही yeah. सही okay,